तो दोस्तों ये वही पूर्णिया जगह है पूजनीय जगह है जहां हम अंदर मंदिर के अंदर खड़े हैं और भगवान श्री राम जी का पालू चरण जो हम लोग देख रहे हैं और यहां श्री राम जी वनवास के समय यहां मौजूद थे गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आप सभी को आज फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हैश टैक में आपका दिल से स्वागत है जी हाँ दोस्तों आज मैं आप लोग तो को एक ऐसे जगह में ले जा रहा हूँ जहाँ आपका राम के चरण का निशानी है जिसका नाम है राम तीर्थ जी हाँ यह रामतीर्थ झारखंड के डोंगवा पोशी या नौमंडी बोल सकते हैं नौमंडी से करीब 20-25 किलोमीटर है और डोंगवा पोशी डी से करीब 10 किलोमीटर में मौजूद है यह झारखंड में बहुत ही सुंदर जी हाँ। दोस्तों कहते हैं अयोध्या से जब बनवास में श्री रामचंद्र गए हुए थे तो उस समय यहाँ पर भी रामतीर्थ यहाँ पर भी रुके थे और उनके पत्थरों में उनके पांव के निशान आज भी मौजूद हैं तो दोस्तों चलिए जाते हैं देखते हैं कैसा है क्या है प्रभु के दर्शन हम भी कर लें भाई तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और पसंद आए तो लाइक कॉमेंट शेयर जरूर कीजिएगा ये मेरे पीछे में जो पैतरली नदी बह रही है इसके किनारे में बशा श्री राम जी की कृपा यहाँ बरसी थी डोंगवा पूी से करीब 10 किलोमीटर के लगभग में होगा और ये देखिए हम लोग जहाँ जा रहे हैं पादूचरण श्री राम जी के पड़े हुए थे वो एरिया में जा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत मंदिर है पूरा भव्य नजारा दिखता है हम मंदिर का बहुत बड़ा एरिया अब मैं आप लोग को दिखाने जा रहा हूँ वो है श्री राम जी का पादुकोण दोस्तों ये वही पूर्णिया जगह है पूजनीय जगह है जहाँ हम अंदर मंदिर के अंदर खड़े हैं और भगवान श्री राम जी का पादुकरण जो हम लोग देख रहे हैं यही है और ये पत्थर जो नदी से उठा करके लाया गया है अभी ऐसा नहीं था तो इस लॉकडाउन में ईश्वर के दर्शन कीजिए और प्रभु को याद कीजिए और जल्दी से जल्दी कोरोना हट जाए हम तो यही दुआ करेंगे तो दोस्तों ये देख सकते हैं श्री राम जी के पुण्य चरण जो आपके एकदम समीप से दर्शन हो रहे हैं जो इस लॉकडाउन में श्रावण महीना आने वाला है तो देखिए आपका दर्शन एकदम लाइव और यहाँ पर बहुत सारे भाभी जी लोग आई हुई हैं दीदी जी लोग आई हैं सब लोग कैसा लग रहा है आप लोगों को आज श्री राम जी के चरण के दर्शन हो गए बहुत अच्छा लग रहा है न तीर्थ धाम हो गया लग रहा है झारखंड का तीर्थ धाम और ये पत्थर है जिसमें श्री राम जी बैठ कर सामने वाली जो बैतरनी नदी है इसमें नहाया करते थे तो इसके पीछे में हम दिखा देते हैं थोड़ा ये देखिए यह है बैतरनी नदी का दृश्य जो उड़ीसा से बहते हुए झारखंड की ओर जा रही है बहुत ही जोर से उमड़ता हुआ जो गिर रहा है ये देखिए ये देखिए उस साइड भी मंदिर है जब बैतरणी नदी का हम दर्शन हैं। तो दोस्तों जैसे आप लोगों ने देखा कि हमारे झारखंड में भी बहुत ही सुंदर सुंदर जगह है तो आज आपने जिश नदी के किनारे एक बसा सुंदर सा मंदिर भव्य रूप से कभी आप आते हैं तो जमशीदपुर से, से आपको सीधा डोंगवा फोसी आना पड़ेगा और डोंग्वासी यानी कि चाईबासा आना पड़ेगा चाईबासा से जगरनाथपुर वाला रोड ले या तो झीक पानी आना पड़ेगा या तो फिर आपको डी पी पड़ेगा वहाँ से वो डायरेक्ट आ जाती है सीधा यहाँ के लिए तो बहुत ही सुंदर जगह है तो अगर हमारी यह वीडियो आपको अगर पसंद आए और ऐसी दार्शनिक जगह और भी ब्लॉग्स के रूप में क्या देखना चाहते हैं तो आप लोगों तो से निवेदन है कि तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कॉमेंट करें और जी ज़रूर बताएँ कि आपको ए ब्लॉग कैसा लगता है हमारा या ब्लॉग या हमारा वीडियो कैसा लगता है ज़रूर कमेंट करके बताएँ ताकि हम अच्छे नए नए इसी प्रकार से ब्लॉग बना सकें तो चलिए एक दर्शन और हो जाए